हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस टुडे स्टूडियो टॉपिक इज़ फ्रेज जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस कर लिया है कि फ्रेज़ क्या होता है उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जैसे फोर मेन टाइप्स की मैंने आपको फ्रेज बताई थी और दो जो डैट इज़ नाउन फ्रेज और अब्जेक्टिव फ्रेज जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे वॉट इज एडवर फ्रेज एंड वॉट इज Prepositional phrase ठीक है one by one हम इसको discuss करेंगे I hope की आपको phrase का meaning समझ आया होगा और क्या होती है noun phrase वो भी समझ आया होगा और क्या होती है adjective phrase वो भी समझ आया होगा तो today first of all we will discuss what is adverb phrase okay ओके तो आज हम थर्ड वन डिस्कस करेंगे क्योंकि फर्स्ट टू हमारी पहले से हो चुकी है एडवर्व ठीक है एडवर्व फ्रेज क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडवर्व क्या होता है एडवर्व होता है क्रिया विशेषण हिंदी में जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण द वर्ड जो किसको मतलब वो वाले वर्ड्स जो आपके किसके बारे में बताते हैं आपके आपकी क्रिया की विशेषता बताती है द वर्ड विच tells us about the quality of a verb, ठीक है कि उस वर्ब का कैसी क्वालिटी है कैसे कोई एक्शन हो रहा है किस तरह से कौन सी जगह पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है कौन से टाइम पे हो रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है कितनी डिग्री से हो रहा है ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द एडवर्व जैसे आपने पढ़ा होगा एडवर्व क्या होता है जैसे एडवर्व मैंने आपको बता दिया क्रिया विशेषण वो वाले शब्द जो आपकी वर्ब की विशेषता को बताते हैं क्वालिटी ऑफ ए वर्ब दैट इज नाउन एज द एडवर्बाद ऑफ वर्ड्स आप क्या आएगा वो वाले वर्ड्स एडवर्व फ्रेज क्या होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ब दैट डर वर्क करे आपके एडवर्व की तरह वर्व करे वर्क करे? करे, करे एक सेंटेंस में ठीक है जैसे आप देखो एडवर्ब की बहुत सारी टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको एडवर्ब एडवर्ब पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बहुत सारी टाइप्स पढ़ाई थी एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है एडवर्ब ऑफ मैनर होता है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है और आ, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे इंटेरोगेटिव एडवर्व होता है रिलेटिव एडवर्व होता है ठीक है तो उन सब एडवर्ब्स को माइंड में रख के तब आप एडवर्व फ्रेज को अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे और अच्छे से चूज कर पाएंगे कि कौन सी एडवर्व फ्रेज है इस टेंस में ठीक है तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं इन अ सेंटेंस वो सेंटेंस में को होती है और किसको मॉडिफाई करती है एक वर्ब को एड्जेक्टिव को और पहले भी बताया था कि अनदर एडवर्ब्स को भी आपके क्या कर सकती है आ, मतलब वो एक्ट करती है अब देखिए, या ठीक है? ये आप आपको पता चल गया वर्ब को मॉडिफाई करता है आपके एड्जेक्टिव को भी कर सकता है और किसी और एडवर्ब को भी कर सकता है वो मैंने आपको एडवर्व में बताया था कि किस तरह से किसी और एडवर्ब को पहले वाले एडवर्ब जो वो है वो मॉडिफाई करते हैं ठीक है तो आप मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ देन यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से किसी सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज आ सकता है जैसे फर्स्ट एग्जांपल Man मैन टॉक्ड इन अनर मैन किस तरह से बात करता था वो वाला जो आदमी उसने किस तरह से बात की या किस तरह से बात बात करता था In a rude manner. ठीक है किस वे में In a rude manner. मतलब अच्छे बिहेव से नहीं बात की अब देखिए action तो हो रहा है ठीक है अगर मैं लिखूँ the man talked rudely. तो रूडरी इज द एड वो आपका adverb आ जाएगा लेकिन अब अगर हमें उसको एड व फ्रेज में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे इन अ रूड मैनर क्योंकि एड फ्रेज जो होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नॉट अ सिंगल वर्ड इसलिए हमें एड व फ्रेज बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया इन अ रूड मैनर अब वो कह रहा है कि जो मैन था उसने बात की किस भी uh, मतलब तरीके से की इन अ uh, मतलब रूड मैनर मतलब रूट तरीके से बात की तो ये रूट तरीके से बात करना दैट इज द एडव ऑफ मैनर एडव ऑफ मैनर में मैंने बताया था ना कि इसका ये कौन से क्वेश्चन हाउ कि किस तरह से उन्होंने ये काम कोई परफॉर्म किया है ठीक है तो in a rude manner, that is your adverb phrase in this sentence manner भी साथ में है ये आपका रहेगा adverb phrase ठीक है अब next आपको आज अब मैं next और बताऊंगी next he visited मी oh sorry, एक minute, he visited me. now and, ठीक है वो कह रहा है ही विजिटेड मी उन्होंने मुझे विजिट किया था अभी मतलब अभी भी वो आए थे एन देन तब भी वो आए थे ठीक है तो ही विजिट आप देखिए नाव और देन अब ये जो वर्ड्स है ना ये आपके आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में कब कब ठीक है एडवर्ब ऑफ़ टाइम अगर एक लिखा होता तो ये क्या होता आपका सिर्फ एडवर्ब इंडिकेट कर रहा होता लेकिन है uh, आपका एडव फ्रेज होगा इसमें इस सेंटेंस में ठीक है आई होप गाइज के आप समझ रहे होंगे किस तरह से एडवर फ्रेज चूज कर किया जाता है नाउ एंड दिस टेल एस अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन कि कौन से टाइम पे कौन सा एक्शन हो रहा है ठीक है अभी भी हुआ और पहले भी हुआ था जब वो आया था ठीक है ये क्या आपका एडवर्व और एडवर्व फ्रेज तो गाइज आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्व फ्रेज क्या है अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसके गूगल पे देख सकते हैं किसी ग्रामर की बुक पे देख सकते हैं और मैं इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगी तब भी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से एडवर फ्रेज को हम चूज करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट गाइस हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज ठीक है प्रीपोजिशनल फ्रेज अब देखिए प्रिपोजिशन क्या होती है प्रीपोजिशन क्या होती है जैसे आप वो वर्ड्स यूज करते हैं जो आपके प्रिपोजिशन प्लेस्ड होती है बिफोर ए नाउन आर प्र नाउन आपके नाउन के पहले भी हो सकती है प्रनाउन के पहले भी हो सकती है ये सब क्या होता है प्रिपोजिशन होती हैं ठीक है प्रीपोजिशन प्री होता है पहले पोजिशन होता है मतलब पोजिशन करना उसको आ, मतलब अप्लाई करना आप कहाँ पे उसको अप्लाई करते हो प्रीपोजिशन के बिफोर ए नाउन आर प्रनाउन अब वो कह रहे हैं Adjective के पहले भी हो तो उन होता, होता है और उसके आल्सो उसके किस से बनती है वो उनके नाउन और प्रनाउन के मॉडिफायर्स भी होते हैं ठीक है जैसे मैं लिखू कन्फिस्ट ऑफ प्रिपोजिशन आपके नाउन एंड प्रनाउन एंड अदर मॉडिफायर्स ठीक है और मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं आपके ठीक है अब इसके अंदर जैसे आपके प्रिपोजिशन बेसिकली होती क्या है जैसे हम लिखते हैं ऑन द टेबल ऑन क्या है इसमें आपकी प्रिपोजिशन इन द गार्डन इन क्या है आपकी प्रिपोजिशन अब इन द गार्डन ये सारी फ्रेज होगी ऑन द टेबल इज द फ्रेज ठीक है अब यही हम डिस्कस करेंगे अब देखिए आपकी प्रिपोजिशन फ्रेज जो है वो आपकी एंड किसके साथ होती है स्टार्ट होती है आपकी प्रिपोजिशन के साथ ही और एंड होगी किसी नाउन प्र के साथ और आपकी जाब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन से भी हो सकती है मतलब यही नाउन और पर के साथ ठीक है अब वो कह रहा है जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगी प्रीपोजिशन फ्रेज की यू कैन अंडरस्टैंड अब प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन फ्रेज में जो होती है फ्रेज वो कभी कभी आपका एब्जेक्टिव की तरह भी बिहेव कर सकती है कभी कभी आपकी एडवर्ब की भी की तरह भी बिहेव हो सकती है ठीक है क्योंकि जब एडवर्व लगेगा तो वो एडवर्व की तरह बिहेव करेगी लेकिन जब आपका एब्जेक्टिव होगा तो वो आपका एबजेक्टिव की तरह बिहेव करेगी जैसे मैं लिखूंगी एग्जाम्पल The गिफ्ट इनसाइड दॉक्स इज फॉर माई मदर ठीक है अब वो कह रहा है गिफ्ट जो कहां पे है अब देखिए सबसे पहले आपको प्रिपोजिशन पता होना चाहिए इस सेंटेंस में हमारी प्रिपोजिशन क्या है ओनली प्रिपोजिशन की बात कर रही हूं इन साइड हमारा preposition है इस sentence में अब वो कह रहा है कि अगर प्रिपोजिशन इस सेंटेंस में इन है तो मतलब प्रिपोजिशन फ्रेज भी इसी के आसपास की होगी द गिफ्ट इन साइड द बॉक्स इज फॉर माई मदर वो कह रहा है गिफ्ट जो किसके अंदर है अब यहां पे आप इसको लगा लो मैंने यहां लिख दिया बिग बॉक्स जहां लिख दिया रेड बॉक्स या ब्लू बॉक्स जो भी है ठीक है द गिफ्ट इन साइड द बिग बॉक्स इज फॉर माई ब्रदर वो किसके लिए है मेरे मदर के लिए है ठीक है अब वो कह रहा है कि जो गिफ्ट किसके अंदर है इनसाइड द बिग बॉक्स अब देखिए ये बिग जो है दैट द क्वालिटी ऑफ ए बॉक्स कि बॉक्स कैसा है अब बिग क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इनसाइड द बिग बॉक्स जो होगा दैट इज योर फ्रेज प्रिपोजिशन फ्रेज है लेकिन किस तरह से बिहेव करिए एज एंड एब्जेक्टिव क्यों क्योंकि इसके अंदर आपका बिग जो है दैट इज द एड्जेक्टिव इसलिए ये आपकी एड्जेक्टिव की तरह एक्ट रही है इस सेंटेंस में ठीक है लेकिन है ये आपकी प्रिपोजिशनल फ्रेज आई होप गाइज कि आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि बीगा आपका ऑब्जेक्टिव है बॉक्स की क्वालिटी बता रहा है देखिए आपकी प्रिपोजिशनल फ्रेज शुरू किससे हो रही है प्रिपोजिशन से एंड की नाउन से, है? से ही मैंने पहले ही बताया था प्रिपोजिशन फ्रेज जो होती है वो बिगे होती है आपकी प्रिपोजिशन से और एंड होगी जहां तो नाउन से या प्राउन से ठीक है अब हम इसकी सेकेंड डेफिनेशन पढ़ेंगे जो आपकी एज अ एडवर्व एक्ट करेगी ठीक है क्या करेगी एज अ एडवर्व जैसे मैं लिखू द लॉइन क्रैफ्ट स्लोली Over ओवर द्रास ठीक है वो क्या कर रहा है क्रेप्ट करना होता है रैंगना जैसे क्रॉल करते हैं बच्चे ठीक है वो कहता है लाइन जो है वो क्रेप्ट कर रहे slowly धीरे धीरे कहा Over the grass. अब देखिए जो over है ये क्या है आपको place बता रहे ना तो ये आपका adverb show हो रहा है यहाँ पे ये आपका adverb है over. ठीक है ओ नहीं सॉरी ये आपका प्रीपोजिशन है ठीक है ये क्या आपका प्रीपोजिशन हमें बता रहा है और हमें प्लेस के बारे में भी बता रहा है अब वो कह रहे है, इसमें आपको बताना है कि आपका प्रिपोजिशनल फ्रेस कौन सी है ओवर द ग्रास अब देखो ग्रास फिर से नाउन है तो मैंने बताया आपको कि जब भी कोई ऐसी चीज आ, एंड किससे होगी ग्रास आ, मतलब नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट किससे होगी प्रिपोजिशन तो ये ओवर जो है ये आपका, है, ग्रास जो आपका नाउन है इसलिए ये एंड किसके साथ हो गया आपका आ, मतलब प्रिपोजिशन फ्रेज वो नाउन से आ, आ, नाउन या प्रोनाउन से ये क्या है आपका प्रिपोजिशनल फ्रेज ये क्या है स्लोली क्या है एडवर्व है इसलिए यहां पर एडवर्ब फ्रेज एडवर्व एज एडवर्ट कर रही है adverb phrase. Adverb, adverb, uh, मतलब act कर रही है है है के अंदर तो ये ये जो आपकी है, है ये preposition phrase ही है. लेकिन पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाता कि वो किस तरह से एक्ट कर रही है पेपर में यू हैव टू चूज ओनली दट इज द प्रिपोजिशन फ्रेज इन दिस सेंटेंस ठीक है मैक्सिम में ऐसे ही पूछा जाता है कि प्रिपोजिशन फ्रेज क्या है अब देखिए इसमें आपको पता चल गया प्रीपोजिशन फ्लेज ये है इसमें पता चल गया क्योंकि इसमें बिग था तो ऑब्जेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा था इसमें स्लोली है तो दैट बिहेव्स एज एन एडवर्व स्लोली तो आपको पता ही है दैट इज द एडवर्व ऑफ मैनर तो ये इसलिए आपका किस मैनर से वो चल रहा है वो किस तरह से कर रहा है ओवर द क्रॉस स्लोली लेकिन धीरे से तो गाइज़ ये आपकी प्रिपोजिशनल फ्रेज़ होगी आई होप कि आपको समझ आया होगा प्रिपोजिशनल फ्रेज क्या होती है आपकी एडवर फ्रेज क्या होती है आपकी नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो क्या होती है तो गाइज अब हम इसकी वीडियोज डिस्कस करेंगे नाउन फ्रेज की एडजेक्टिव फ्रेज़ की मतलब इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे आपकी कि एक्सरसाइज किस तरह से सॉल्व की जाती है और कौन कौन सी आपकी प्रिपोजिशनल फ्रेज है कौन कौन सी आपकी एडवर्ड फ्रेज है देन यू कैन अंडरस्टैंड तब आप अच्छे से और भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरह से आपको प्रिपोजिशनल फ्रेज होती है तो गाइज आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको अच्छे से समझ आएगा फ्रेज क्या होता है और किस तरह से इसको चूज किया जाता है ओके आई होप गाइज कि यू कैन अंडरस्टैंड एवरी थिंग थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो Okay friends thanks for watching my video if you like my video then please like share and subscribe my channel